प्यारे स्वजनों वा जनों नमस्कार आपका स्वागत है भाग विश्लेषण के इस कार्यक्रम में दर्शकों सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 14 अप्रैल 2019 को सूर्य देव दोपहर दो, दो बजकर नौ मिनट पर अपनी मी, मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की है इसमें से ये निकल करके मेष राशि में आ रहे हैं और ये पंद्रह मई दो को वापस सुबह दस बजकर उनसठ मिनट पर वृषभ राशि में चले जाएंगे तो ये जो एक माह का पीरियड रहेगा ये वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस एक माह में वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं अचानक से घटित होंगी इन सब पर हम प्रकाश डालेंगे दर्शकों मेष संक्रांति जो है देखिए सूर्य जैसे मकर राशि में पहुंचते हैं तो मकर संक्रांति बोलते हैं मीन राशि में मीन संक्रांति बोलते हैं उनको तो अभी मेष राशि में क्योंकि सूर्य देव मेष राशि में परम उच्च के होते हैं दस अंश पर सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं और दस अंश पर ही तुला राशि में यह नीच के होते हैं और चूंकि हम लोगों का नववर्ष हिन्दू नववर्ष आरंभ हो चुका है तो सौ वर्ष के पहले माह में कैसा रहेगा आप लोगों का वृषभ राशि के जातकों का जो है राशिफल इस पर हम प्रकाश डालते हैं और बताना चाहते हैं कि यह राशिफल सामान्य ज्योतिषी आकलन के साथ साथ केवल जो सूर्य का मे संक्रांति के प्रभाव है इसको दर्शाता है व्यापक और सटीक मूल्यांकन के लिए अन्य ग्रहों की स्थिति भी विचारणीय होती है उन पर निर्भर कर, जो है करता है कि कौन से ग्रहों का गोचर आपकी जो है राशि से कैसा हो रहा है हमारी सलाह है कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों के प्रभाव को जानने के लिए हमारे ऑफिस के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं वह हमसे टेलीफोन के द्वारा या स्वयं आकर के मिल सकते हैं तो दर्शकों वृषभ राशि के जातकों के साथ होगा कैसा देखिए सूर्य देव जो है ये आपके राशि के बारहवें भाव से गोचर करेंगे यदि आपकी कुंडली में भी दो नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो जान जाइए आपकी वृषभ राशि है तो आपकी राशि से बारहवें स्थान पर सूर्य देव का गोचर होगा क्योंकि आपके जो सूर्यदेव मालिक है आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस के मतलब सुख के घर के लॉर्ड होते हैं और ये बारहवें घर से जा रहे हैं तो इस बीच देखिए हो गया होगा क्या बारहवें हाउस के बारे में आप लोग जान लीजिए कि बारवा हाउस किस चीज का है स्टार्टिंग में ये जो है जीरो डिग्री के रहेंगे तो दो चार जो है दिन एक हफ्ते आप परेशान रहेंगे और चूंकि ये केतु के नक्षत्र में भी रहेंगे तो सबसे पहले होगा क्या आपके साथ आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी वृषभ राशि के जात नोट कर लीजिए मतलब कि अभी तक आप सामान्य से चले आ रहे थे लेकिन जैसे ही ये परिवर्तन होगा आप लोग खुद इस चीज़ को फील करिएगा कि 14 अप्रैल से और 15 मई का जो समय है इस बीच आपने वर्ष के अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक खर्च किए होंगे तो होगा क्या आपके खर्चों में बढ़ोतरी के संकेत कर रहे हैं इसलिए आपको सलाह दी जाती है यहाँ पर कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आप लोग कंट्रोल में रखिए अपने खर्चों पर आपको अंकुश लगाने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आपका कोई हानि कर सकता है जो ट्वेल्थ हाउस होता है ये हानि का होता है तो गुप्त शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं कोशिश करके अपने आँखों की जो है पीड़ा यदि आपके अंदर है तो उसको किसी अच्छे नेत्र चिकित्सक से मिल करके आप उसकी जाँच करवा सकते हैं इस समय बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आँखों से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम हो वही विदेश से कोई आपको जो है शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ प्रॉब्लम रहेगी खास करके जो आपकी माता हैं उनको हड्डियों से रिलेटेड ज्वाइंट पेन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आएगी इस बीच चूँकि सूर्यदेव भले उच्च चुके हैं उनकी जो दृष्टि पड़ रही है ये छठे घर पे आपके पड़ रही है और ये अपनी नीच राशि को देख रहे हैं तो अचानक से कोई पुराना शत्रु जो है वो आप पर हावी होता हुआ नजर आएगा किसी प्रकार की चिंता आपको मन ही मन सताएगी अंदर ही अंदर खाएगी अचानक से कोई आपको लोन लेना पड़ सकता है ऋण लेना पड़ सकता है तो तमाम परिस्थितियों में एक चीज़ और बता दें परिजन आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे आपके हौसलों को बढ़ाएंगे इनमें कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी भी होंगी हो सकता है कि आपको ही जो है भूमि का टुकड़ा ही आपको मिल जाए या कोई वाहन वगैरह आप क्रय करते हुए नज़र आए और आप अपने हृदय हार्ट से रिलेटेड यदि आप हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हैं तो इसको भी आप हल्के में मत लीजिएगा एक बार इसको जरूर दिखा दीजिएगा तो उपाय पर आ जाते हैं उपाय पर आप लोगों को करना क्या रहेगा प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए ऊषा काल के समय उठिए सूर्य निकलने से जो पहले का समय होता है इसको उषा काल बोलते हैं उस समय आप उठिए और कोशिश कीजिए कि उगते सूर्य को आपको देखना रहेगा और 10 मिनट आपको सूर्य के रोशनी में हाथ जोड़ करके खड़े हो जाना है आप नहाए हो ना नहाए हो इससे हमको नहीं मतलब है आपको हमको विटामिन डी थ्री दिलवाना है तो आप सूर्य के प्रकाश में खड़े होइए नहा धो लेते हैं तो बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा कि यदि आप प्रतिदिन सूर्यदेव को सिर्फ आप जल से ही अर्घ दीजिए और, और आदित्य हृदय का पाठ करिए और जल किस प्रकार का एक गिलास में आप पानी रख उसको आप रख और दूसरे आप किसी लोटे में तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा उससे आपको सूर्य जो को अर्घ देना है अर्घ देने के पश्चात आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और जिस गिलास में आप जल रखेंगे उसको उगते हुए सूर्य की रोशनी में आप थोड़ी देर रखे रहिए और तांबे तांबे का यदि वो गिलास हो तो बहुत अच्छा रहेगा इसके बाद उस जल को आप ग्रहण करिए आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा आपके अंदर पावर आएगी आपके अंदर ऊर्जा आएगी ऊर्जा से उसप्रोत हो जाएंगे तो ये तो था दर्शकों देखिए उपाय हमने आपको बता दिया अब मर्जी आपकी